बहुत सौभाग्यशाली है जी जिनका जो व्यक्तित्व हम यू नो बड़े पर्दे पे देखते थे उसको आ, उनके साथ हम आज स्टेज शेयर कर करे तो सबसे पहले तो आपके पांव छूना चाहूंगा ऐसा मौका हमें शायद दोबारा ना मिले माशा आप आज भी उतने ही खूबसूरत देखते हैं बट एक बुक का एक फोटो है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आई थिंक आप सब लोग देखना चाहोगे सर क्या लग रहा है मतलब मेरा सिटी मारने का मन कर रहा है वह इधर सर बहुत बहुत बहुत अच्छा लग समझ तो कभी कभी मैं शर्माता हूँ और आज शर्मा विष बता दो आप मैं अपना एड्रेस अपने आज विश्व <laughs>